सिंगरौली में दस साल से बन रही नेशनल हाईवे थर्टी नाइन की सड़क टूटती जा रही है हाईवे पर कई डेंजर जोन बन गए हैं इस खतरनाक हाईवे पर जान जोखिम में डालकर प्रतिदिन हजारों लोग सफर करने को मजबूर हैं। लेकिन हाईवे बनाने वाली कंपनी सड़क को सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दे रही सिंगरौली का नेशनल हाईवे उनतालीस अब जर्जर होने लगा है सजहर घाटी आरोप इस हाईवे का करीब दो मीटर हिस्सा धस गया है जिसके चलते हाईवे जाम हो जाता है इस हाईवे पर यात्रा कर रहे हजारों यात्री बड़े छोटे वाहन कई घंटों से फंसे रहते हैं एक बार फिर इस सड़क पर ऐसे ही हालात बने तो कई घंटों बाद निर्माण कार्य कर रही कंपनी तिरुपति बिल्डकॉन और एमपीआरडीसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे जहां हाईवे को सुधारने का काम शुरू किया गया बताया जा है कि वर्तमान समय में हाईवे निर्माण कर रही तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी सड़क बिल्ड सुधारने के नाम पर लीपा कर रही है